मैं बड़ा ही मायोपिक इंसान हूँ मैं आगे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं आज मैं रहता हूँ आज मैं दिल से जो भी करता हूँ दिल से करता रहता हूँ कल आ, टेक केयर ऑफ इट